कहाषा है। है? कौन सी किस भाषा लोकल है हिमाचल हिमाचल आपको यहाँ आके कैसा लग रहा जन्नत हो गई जन्नत जन्नत हो गई परसों तो करता पैदल पैदल भगा भगा करके मन्नत में भेज दिया मन्नत में भेज दी गई चर्च के पास कहता नहीं मेरे वो गाड़ी ले गया उस दिन क्या बारिश थी बाप शिमले में और चर्च के पास तो लोकल गाड़ी नहीं जाती हमारी गाड़ी कहा जाएगी तो यार मैं वो और छाता का भी नजारा कुछ स्पेशल अलग है पानी पानी पी लूं <laughs> पानी जम जाएगा पेट में <laughs> अंकल कैसे होगा को छाता <laughs> भी टेढ़ा हो गया था छाता भी टेढ़ा हो गया आंटी टेढ़ी थी भाई होगी <laughs> <अंती> आंटी के लिए <laughs> और ललित भैया और सुना एक हमारा YouTube चैनल भी है जरा सब्सक्राइब कर देना यार जी रहा आंटी को देखो इंटी को तू टोपी कहाँ लगा रखी है आंखें बंद कर रखी है तो तू भी नहीं दिख रही है कॉल नहीं कर रहा आपकी वीडियो बन रही है पक्का <laughs> यूट्यूब पे भेज दूंगा चलो आगे दिखा देते हैं जान लग गया दुनिया भर का पूरा सुनो सुनो हो गया अभी हम जा रहे हैं सोलांग वैली वो ले लद्दाख कैसे क्या वो कितना दूर है एक बार आप लद्दाख का नाम लगे देखना लड़ाक लड़ाक लड़ाक ही <laughs> लड़ाक। बोलते चलो भाई थोड़ा थोड़ा जाम खुल रहा है फिर बीच में घुसाने वालों की कमी नहीं है यार कहा जा रहे हैं, हैं। कहाँ पे हैं वैसे मनाली में हैं लडाख में मौका मिल गया नहीं नहीं होता नहीं वो हो। <laughs> होता नहीं वो हो। हो। तो क्या है पब्लिक कंटिन्यू पब्लिक है ना तो क्या होगा जब बाथरूम आ रहा तो है तो बाथरूम जाना चाहिए ना ये वो लेडीज गई तो पीछे वो लेडीज लेडीज तो के सामने क्या उससे बोलो ना उधर से साइड हो जा बहुत ही कपड़े भी पड़े जाती है ये सब जवानी का जोश है जवानी के जोश एक, एक एक दिन दिन है भी तो जवान थी जवानी में तो बर्फ में आई नहीं आंटी ने बोला गर्मी ठीक है आंटी बैठे नो हाथी बर्फ की थी चोट ऐसा हाथ में उसको ला, लाल हो गया अभी का टाइम ऐसा हो रहा है यहाँ बर्फ से काफी वो हो रहा है और आज है 22 तारीख है ना अप्रैल का महीना चलो भाई आप लोग भी एंजॉय करो अगर मनाली घूमना चाहते हो तो मनाली आ जाओ और हम आपके लिए हर हफ्ते नया नया अपडेट लेके आते रहेंगे प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना भी इधर टॉयलेट के लिए बनवाना पड़ेगा मर गए इधर कर सकते हैं आप इधर कर सकते है मैंने बोला ना आपको जहाँ मौका मिलता है वही चले जाओ अभी तो ऐसे तो सोचते रह जाओगे आप लड़ाक लड़ाक लड़ाक लिखा हुआ है के, के नाम लिखा हुआ है अटल टनल और क्या किलोंग किलोंग और नीचे क्या लिखा है दरचा दर्चा अच्छा दर्चा। और उधर क्या लिखा है सचू सचू <laughs> और उधर किसके नीचे क्या लिखा है लेके नीचे क्या लिखा है वो क्या है नीमू अच्छा नींबू खाते हो हाँ। तो ये नींबू जगह का नाम है हाँ। वायाले है ना चलो फिर पापड़ पापड़ वाला आ गया थोड़ी थोड़ी में चलना बड़ा प्रॉब्लम होता है यार मन करता गाड़ी होता रहता। और यहां नहीं है तो ना ना थोड़ी गई दम दम इतने में मार खोपड़ी में नहीं नहीं तो आ, मार रही है है बच्चा पार्टी खेल रहा है बोतल हाथ में लेके चल रहे हैं भाई तो। देखो दूसरी बोतल वाली भी आ गई तीसरी बोतल आ, वाली भी आ गई बोझ में लेके लेके चल रहे हैं। हैं? तो जाम में ही रह गए चैनल की बात तो दूर की भी सुतियों को आज मुझे 30 सेकंड बनायता है तुम्हें एक कागज का मंडी बनवा केंद्र आगरा फलीपड़ा की गायोंदाई हेलो आंटी हेलो हाय शोकाराज क्या हो रहा है नाइस कुछ नहीं हेलो अंकल आगे। हाँ। हाँ। मनाली का मजा रहा है चलो आगे का नज़ारा दिखाते है ऐसा लग रहा नज़ारा मजा आ रहा है आप भी सब्सक्राइब कर देना यार ये आंटी तो नजर आ जाती है यार आंटी मेरी पड़ोस वाली हो गई प्रॉपर <laughs> जब मर्जी हो जाती है और कुछ नहीं <laughs> अंकल डिस्टर्ब करते रहते हैं आंटी को ठीक है अंकल ठीक है मौज करें मौज करें चलो जी पूरे वहाँ पे दिखाना अपने गाँव में इसको शहर में ठीक है पक्का ठीक है हम आपके पास भेज देंगे